जानवी जानवी जानवी जानवी जानवी जानवी जानवी जानवी, जानवी, जानवी, जानवी जानवी। जी, जी, जी, जी, जी बैठ इधर देखा। पीछे, अरे पार्टी